भगत बीज पलटे नहीं जो जुग जाए ऊंच नीच अवतरे रहे संत को संत कबीरा कमाई आपकी कभो ननिषल जाए सो को शीव धरे मिले कबीरा जग गई धनबल तो ती जान जो राम नाम धन मेरे राम मुझे अपना मेरे राम मुझे अपना लेना मेरे राम मुझे अपना लेना दुखी दीनी को दास बना लेना मेरे राम मुझे अपना लेना मेरे राम ठोकरे खाई थी बहुत श्रीनाथ छोटे जगत के प्यार बल इसलिए द्वार पर अब तारो नारो ना नाथ अब ये तुम्हारे हाथ है ना तारोगे नाथ तो बदनामी भी तेरे साथ है अबे नाम कलाज बचा लेना दुखी दिल कोदास बना लेना मेरे राम मुझे अपना लेना मेरे राम मुझे अपना, लेना, राम मुझे अपना ले गनिका भी दिया जामिल की खबर ली नहीं आपने मुक्त भीलनी भी नाथ कर दीनी आपने हजारों भक्त आप पे सरनौछावर कर गए लाखों पापी भी नाथ Hail, नाम लेकर के तर गए उन्हें अधमों के साथ मिला लेना उन्हें <spetit> अधमों के साथ मिला लेना दुखी दीनी को दांत बना लेना मेरे राम मुझे अपना लेना मेरे राम मुझे अपना लेना क्रोध आदि लुटेरों को दियो बास है है पात को है के संगत साथ है पवन माया की चली हम भवर के साथ हैं इस बीच बेड़ा भौसागर में बिंदु का बैठनाथ है बेड़ा धार से किनार लगा देना धार से किनार लगा देना दांत बना लेना मेरे राम मेरे राम रा, मुझे अपना लेना मेरे राम मुझे, ले रा, मुझे अपना लेना मेरे राम मुझे अपना